इसे प्रेस करके बेल आइकोन है उसे प्रेस करके ओल नोटिफिकेशन को सेव आप जरूर कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों इस वीडियो में हमने दो जो मधुग्री टैबलेट है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसका गिव अवे रखा है मतलब मैं आप ही में से दो लोगों को ये जो मधुग्री टैबलेट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं, तो इसके लिए दोस्तों गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले हमारे चैनल माई स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब करना है जो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके बेल आइकॉन को दबाना है और ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव जरूर करना है और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है वो लोग चेक कर लीजिए कि आपने ओल्ड नोटिफिकेशन को सेव किया है या नहीं किया है इस वीडियो को आपको लाइक करना है इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने सभी दोस्तों के साथ WhatsApp और Facebook पर शेयर करना है और अपने WhatsApp और Facebook के स्टेटस पे केवल एक दिन के लिए इस वीडियो को आपको लगाना है अगर आप ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको ये जो दो मधुब्रह टेबलेट है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ है तो अगर आपने मेरा पहले ये मधुनाशनी वट्टी वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो इसे आप देख लीजिएगा क्योंकि अगर आप इसे देख लेंगे दोस्तों तो आपको ये जो मधुग्रह टेबलेट है इसका वीडियो समझने में काफ़ी आसानी होगी क्योंकि मैंने डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल में इस मधुनाशनी वट्टी के जो वीडियो में सब कुछ बता रखा है जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज के ऊपर डाल रखा है दोस्तों अगर आपको ये मधुग्री टैबलेट या कोई भी दवाई चाहिए या फिर अगर आप आपकी किसी भी बीमारी को लेके मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं करियर के द्वारा आपके घर तक ये जो मधुग्री टेबलेट है ये भी आपको पहुँचा दूंगा और आपकी जो भी बीमारी है उसको लेके आपको पर्सनल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करवा दूँगा दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ देते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके बाद में मैं डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप करें आप देखते रहिए दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य मधु ग्रिड टेबलेट ठीक है तो ये जो आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि दिव्य लिखा है सर पतंजलि मधु की बात कर रहे हैं लेकिन या दिव्य की बता रहे तो जो पतंजलि की दवाइयाँ बनती दोस्तों वो दिव्य फार्मेसी में बनती है और जो पतंजलि के खाने पीने का सामान होता है वो पतंजलि फार्मेसी में बनता है तो इस पे लिखा हुआ है दोस्तों दिव्य मधु ग्रिट सिक्सटी टेबलेट मतलब साठ गोली इसके अंदर आती है और देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है टेस्टेड एंड वेरीफाइड मेडिसिन फ्रॉम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको पहले टेस्ट की है और बहुत सारे लोगों पे इसका ट्रायल हुआ है बहुत सारे लोगों पर इसका टेस्ट हुआ है जब लोगों को फ़ायदा हुआ है जब लोगों की जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में आई है इसके बाद में पतंजलि ने इसे जो है लॉन्च किया है मार्केट में हम सभी लोगों के लिए इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं पतंजलि मधु के कंपोजिशन के बारे में दोस्तों देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों आयुर्वेदिक प्रोपाइटरी मेडिसिन ठीक है ये दवाई है और इसको अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और मेन चीज़ क्या है कि डायबिटीज की दवाई है ये ठीक है तो इसे अपने मन से बिल्कुल भी नहीं लेना है इसको अगर आपको लेना है तो किसी भी चिकित्सीय मार्गदर्शन में ही इसे लेवे या फिर आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैं आपकी बीमारी के अनुसार आपको बताऊंगा कि आपको ये लेना भी है या नहीं लेना है अगर लेना है तो कितनी गोली लेना है कब लेना है और किन दवाइयों के साथ में इसको आपको लेना है तो इसके लिए आप मुझे WhatsApp कर दीजिएगा और हाँ आपको बीच मगर कुछ भी समझ नहीं आए कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा मैं आपके कमेंट का दो से तीन घंटे में आंसर ज़रूर दूंगा दोस्तों इसमें कंपोजिशन में हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या मिला हुआ है इस टेबलेट मतलब हर एक टेबलेट में इतने इतनी क्वांटिटी में मिला हुआ है देखिए इसमें पाउडर फॉर्म में मिला हुआ है चंद्रप्रभावटी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ये जो चंद्रप्रभावटी शुद्ध शिलाजीत ये जो दो दवाई और एक ही गिलोय ये दो तीन दवाई जो है ना अपने आप में डायबिटीज़ को क्योर करने में कंट्रोल करने में ठीक करने में बहुत ही रामबान औषधि है ये जो चंद्र प्रभावटी शुद्ध शिलाजीत और गिलोय ये तीनों दवाई ही अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती है हालाँकि देखिए अब ये जो मधुब्रिटी है इसको काफ़ी स्ट्रांग बना दिया गया है क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें हैं चलिए इसमें मिला हुआ है चंद्रप्रभावटी शुद्ध शिलाजीत और ये पाउडर फॉर्म में था अब एक्सट्रैक्ट में मिला हुआ है इसमें ग्लोए इंद्रायणा करेला चिरायता शतावर अश्वगंधा इतनी सारी चीज़ें जो है इसमें एक्स्ट्रैक्टिव फॉर्म में मिली हुई है और इसमें एक्सपीशियंस में मिला हुआ है गम एसीशिया टेलकम एम सी, सी और सोडियम इतनी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मिली हुई है देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है रेड कलर में हाइलाइटेड है सावधानी चिकित्सीय निरीक्षण में प्रयोग करें क्वेश्चन टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ठीक है मतलब आपको इसको अपने मन से नहीं लेना है जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मन से बिल्कुल भी नहीं लेना है इसको आपको किसी चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही इसे लेना है क्योंकि दोस्तों ये जो डायबिटीज़ होती है ना बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है तो अगर आपको इसको लेना है आप लेना चाहते हैं ठीक है थेके? या आपको उसको पूछना है कि कितनी मात्रा पर लेना है तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको ऑन कॉल फोन लगा के सारी डिटेल में बता दूँगा आपकी बीमारी के अनुसार है कि आपको उसको कितना लेना है कितनी मात्रा में लेना है ठीक है अब दोस्तों इधर की साइड तो हो गया अब अब इधर देखिए इस साइड में लिखा हुआ है और देखिए मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर दिख जाए आपको देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ है डोजेस एंड मेथेड ऑफ यूज़ मतलब अब देखिए यहाँ पे बता रखा है कि इसको कैसे लेना है कितना लेना है लेकिन मैंने आपको एक बार बता दिया है कि इसको एक मतलब आप जो है अपने मन से मत लीजिएगा फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ टू टैबलेट डे पोस्ट पोस्टमेल विद लिक्विड वाटर और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन मतलब आपको दो दो गोली लेना है खाना खाने के बाद में गुनगुने पानी से लेना है या फिर आप चिकित्सी परामर्श के अनुसार ले लें दोस्तों इंडिकेशन में इसमें लिखा है मधुमेह एवं मधुमेह जन्य उपद्रव मतलब डायबिटीज और डायबिटीज़ के कॉम्प्लीकेशन दोनों में ही बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों पता है डायबिटीज जितनी खतरनाक बीमारी नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक डायबिटीज़ के कॉम्प्लीकेशन होते हैं डायब द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज आर मोर डेंजरस देन द डायबिटीज़ ठीक है हालांकि मैं डायबिटीज़ के कॉम्प्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ एक मुझे कमेंट आया था मिस्टर शमसद अंसारी का कि सर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन की वीडियो बनाएं तो मैंने लगभग उसको तैयार करना है मुझे जैसे ही तैयार होता है मैं अपलोड जल्दी करूँगा पतंजलि का कॉलेज यूट्यूब चैनल के ऊपर कीप इन कूल ड्राई इन डार्क प्लेस मतलब इसको ठंडी सूखी जगह पर रखना है आपको धूप से बचाना इसके अंदर दोस्तों साठ गोली निकलती तीन स्ट्रिप निकलती है और हर स्ट्रिप में बीस टेबलेट है तीन सौ रुपये की दोस्तों आती है अभी दोस्तों इसके अलावा इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है अब मैं इसको ओपन करके बता देता हूँ कि किस टाइप की दिखती है जैसे आपने मधुनाशनी अगर खाई होगी तो मधुनाशनी को देखा होगा बिल्कुल मधुनाशनी वटी के जैसे ही ये जो टैबलेट है ये दिखती है और इसके अंदर तीन स्ट्रिप निकलती है एक स्ट्रिप में दोस्तों 20 गोली आप देख सकते हैं 20 इसमें है 20 इसमें है और 20 इसमें मतलब टोटल 30 गोलियां हैं और इसके पीछे भी वही सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों जो अपने पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था ठीक है इसके अलावा इस पे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और तो इसको दोस्तों हम सिर से रख देते हैं ठीक है देखिए ये जो मधुग्री ग्रेड टेबलेट है अभी बात करते हैं सबसे पहले कि इसको कौन ले सकता है दोस्तों ये जो मधुबनी टेबलेट है इसको वो सभी लोग ले सकते हैं जिसको डायबिटीज है लेकिन दोस्तों इसमें शर्त क्या रहती है कि एक्चुअल में आपकी जो बॉडी की अभी की सिचुएशन है अभी करंट का जो शुगर लेवल है बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी की कंडीशन देखने के बाद में रिकमेंड किया जाता है कि आपको कितनी गोली लेना है या फिर ये लेना भी है या नहीं लेना है क्योंकि देखिए मेरे पास में एक पेशेंट है जो यू से है अबू धाबी से तो उनको क्या है कि वो अगर मधुग्री टेबलेट वो लेते हैं ठीक है उन्होंने मुझे कॉल पे बताया था कि वो मधुग्री टेबलेट लेते हैं तो उनको अनइजीनेस सा फ़ील होता है शायद उनको चक्कर वक्कर आते हैं या सर दर्द होता है आई थिंक समथिंग कुछ होता है है ना तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो मधुग्रह टेबलेट है इससे उनको काफ़ी जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं ठीक है तो ऐसे दोस्तों क्या होता है ना कि हर व्यक्ति को हर दवाई सूट नहीं होती है ठीक है तो वो क्यों नहीं होती क्योंकि देखिए मेन चीज़ क्या होती है कि पहली बात आप एक तो प्रॉपर डोज के साथ इसको लेवें मतलब आपकी जो बॉडी की कंडीशन है बॉडी की सिचुएशन है अच्छा बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशन है आपके डायबिटीज़ के वो सारी चीज़ें देखने के बाद में रिकमेंड किया जाता है कि आपको लेना है नहीं लेना है अगर लेना है तो फिर कम्प्लीट डोज इसके साथ में लें तो ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगी अच्छा तो देखिए डायबिटीज़ जिसको भी है हर व्यक्ति इसको ले सकता है बट डिपेंड करता है बॉडी कंडीशन के दूसरा इसको कितनी क्वांटिटी में लेना है तो जैसा मैंने अभी इसमें तो आपको पढ़ के बता दिया था लेकिन मैं फिर भी अब आप आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों इसको अपने मन से नहीं लेना है आपकी जो बॉडी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग में आपको बताऊंगा कि आपको कितनी दवाई ले कितनी टैबलेट लेना है ठीक है इसके लिए पहले आपकी कंसल्टेंसी होगी कंसल्टेंसी में मैं आपको आपकी जो बॉडी है उसकी डिटेल्स पूरी जानूँगा आपकी क्या दवाइयाँ चल रही है सारी चीज़ जानने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये कितनी टेबलेट लेना है मै और इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा इसमें दोस्तों परहेज क्या रखना है देखिए परहेज में मेनली आपको मीठा पूरा बन दे ठीक है जिसमें मिठास होती जैसे शक्कर हो गया ठीक है मतलब मीठी चीज़ें बिल्कुल बंधे हर मिठाई रबड़ी खिचड़ी सब बंधे ठीक है इसके बाद में आपको जो आलू है जैसे कार्बोहाइड्रेट की जो चीज़ें हैं वो सारी बंद है आपको बैंगन बंद है और नॉर्मली आप हरी सब्जी वगैरह खाओ कोई इशू नहीं है हालाँकि आपकी बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग में आपको इसका डाइट प्लान भी बताऊँगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तब और इसके अलावा दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको जहाँ तक डिटेल मतलब हो सकती थी मैंने आपको इसमें देने की कोशिश करी है और ये मधुग्री टेबलेट के बारे में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कोई डिटेल वैसे भी नहीं है और मैंने दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पतंजलि का कॉलेज के ऊपर जो पतंजलि का डायबिटीज कंट्रोल जो पाउडर आता है डायबिटिक केयर पाउडर सॉरी तो डायबिटिक केयर पाउडर का वीडियो भी मैंने डाल रखा है उसे भी आप देख लीजिएगा मधुनाशनी पट्टिका और मधुकल्प पट्टिका तीनों का वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कौन सी दवाई लेना है और दोस्तों फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए हमारे YouTube चैनल My Smart Health Support को सब्सक्राइब करके बेलाइकोन दबा के ओल नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिए ताकि आप जो हम ये गिव अवे कर रहे हैं दो मधुग्रह टैबलेट का इस गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर पाएँ और आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल पाए दोस्तों इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पे एक दिन के लिए लगा लीजिए और सभी दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और एक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप ये तीन चार टास्क कंप्लीट कर लोगे तो मैं आपको ये जो दो मधुग्री टेबलेट है ये मैं दो आपको फ्री में जो है प्रोवाइड करवा दूंगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों हर बार की तरह हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर बार की तरह हमारे वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करके व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाने के दय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए हंसते रहे खुश रहे मुस्कुराते रहे स्वस्थ रहे जय हिंद वंदे मातरम